आप ऐप बनाना चाहते हैं? जी अगर आप, या आप हैं। को ये आप ऐप बनाना चलाना और हाँ आप और वैसे हैं तो ऐप और हाँ आप सकते हम सबसे पहले हमारे मोबाइल हम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं ये ये ऐप दिख रहा है आपको फ्री ऐप आप क्रिएटर आपको उसको डाउनलोड कर लेना है इसकी लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहाँ से जाकर आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो हम सिंपली इसको ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा ठीक है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर कर लॉग कर लेना है ठीक है मैंने लॉगिन कर लिया है आप लॉगिन कर दीजिए पहले ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए ठीक है ठीके? तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट ऐप फॉर फ्री इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। वेबसाइट वीडियो कॉल एंड चैट मैसेजिंग वीडियो कॉल ब्राउजर वॉलपेपर फोटो एडिटिंग टिकटॉक आप ये सब ऐप बना सकते हैं ठीक है अभी सब अगर आप बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली बिजनेस पे क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर आपको यूट्यूब मिलेगा फेसबुक मिलेगा पीडियल मिलेंगे आप ये सब बना सकते हैं ठीक है थी? तो आज हम आपको वीडियो कॉल बना कर दिखाएंगे ठीक है थी? हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ट्रफिस आ जाएंगे ठीक है आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बोल रहा है बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज है कि और दूसरे बैकग्राउंड के लिए भी इमेज है कि ठीक है तो मैं इमेज ऐड नहीं करूँगा ठीक है तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिंपली आपके गैलरी में पहुँच जाएगी वहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर, कर आ, आप बैकग्राउंड के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं मेरा टाइम वीडियो का बहुत बड़ा है इसलिए मैं आपको नहीं करके बताऊंगा ठीक है तो हम बैकग्राउंड का कलर चूज करते हैं हम बैकग्राउंड के लिए कलर ये चूज करते ठीक है नीचे आएंगे यहाँ पर कुछ रहा है ब्लैक मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर दिया है यानी आपको यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है उस वो इंटरफेस में आपको आपके ऐप आप में कौन सा कलर देना है ये पूछ रहा कुछ मैंने ब्लैक को सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको आपके अपने ऐप का नाम देना है ठीक है यहाँ पर हम नाम देंगे एचडी वीडियो कॉल्स ठीक एच डी वीडियो कॉल्स करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है पर आपको आइकन देना है जैसे यूट्यूब पे आइकन है गूगल का आइकन जी है वैसे आपको यहाँ पर आइकन देना है ठीक है अगर आप आइकन देना नहीं चाहते तो डायरेक्टली ये ऐप आइकन देना चाहेंगे तो आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक देना है अगर आपको आइकन देना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली आपके गैलरी में जाएंगे ठीक है गैलरी में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी आइकन दे सकते हैं भाई कलेक्ट करता हूँ ओके मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ ये उसके इससे आइकन दे देगा, ठीक है तो हम सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करते नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्रेडिट पर क्लिक कर देना, ठीक है क्रेडिट पर क्लिक कर देंगे आपका आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेंस आ जाएगा और आपका ऐप बनके के तैयार हो जाएंगे आप बात आती है इसको अब बात आती है इसको डाउनलोड करने की ठीक है हम सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे डाउनलोड के ऑप्शन पर इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे आप नीचे जाएंगे यहाँ पर बारकोड देखेंगे आपको यहाँ पर एक लिंक है उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना ठीक है उसके ऊपर क्लिक करने की बात आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगा यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है देखिए इस पर क्लिक कर देंगे ठीक इस पर क्लिक करने पर के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के आ जाएंगे ठीक ये डाउनलोड हो रहा है ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर आपको एक दो मिनट लग सकते हैं ठीक है थी? हम थोड़ा वेट करते हैं आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना ठीक। है ठीक यहां पर ओपन का ऑप्शन है ओपन फाइल। तो ऊपर क्लिक कर देंगे ठीक है ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप कोई भी ब्राउज़र से क्रोम से ओपन कर सकते हैं इसे ठीक है मैंने ओपन कर दिया है इसे यह आप हमारा डाउनलोडिंग चालू हो रहा है आप देख सकते हैं यह हमारा एजीडी वीडियो कॉल्स डाउनलोड हो रहा है ठीक है हम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं डाउनलोड होने के बाद मिलते हैं ठीक है यह हमारा डाउनलोड हो चुका है ठीक है हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे कंप्लीट डाउनलोड यहाँ पर आ जाएगा वीडियो कॉल आपको डाउनलोड के फोल्डर में एक काम करते हैं अपन पैक आ जाते हैं स्क्रीन पर और तो यहाँ से आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है ठीक है आपको ये एक फाइल डाउनलोड कर लेने है मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ठीक है तो हम सिंपली इसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हम सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये हमारा ऐप आ चुका है आप देख सकते हैं ठीक है एजीडी वीडियो कॉल्स ठीक है हम सिंपली इसको ओपन करेंगे ओपन करने के बाद इनस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यह हमारा इनस्टॉल हो रहा है ठीक अब ये इंस्टॉल हो रहा है ठीक आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ठीक है टाइम लेगा इंस्टॉलिंग के लिए क्योंकि तो हमने बनाया वाला है इसे। आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है हम सिंपल यहां से ओपन कर देंगे ठीक है ओपन करने के बाद आगे कुछ हम कुछ साधा इंटरफेस आ देंगे आप देख सकते आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना ठीक है यहाँ पर क्लिक करने वाइट कंटिन्यू और यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर इसकी परमिशन दे देनी है ठीक है हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे एलो पे क्लिक करेंगे फाइल के भी परमिशन दे देते और कॉलिंग की भी ठीक है ये परमिशन दे दिए तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है ठीक है यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डालता हो आपको ये करता हूँ ठीक है यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर है ठीक ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लोडिंग हो रहा है लोडिंग हो रहा है यहाँ पर आपको ओ आ जाएगी ओ आ गई नौ ये है ओ टी डालने के बाद यहाँ पर स्वच्छ हो रहा है आप यहाँ पर आपको आपके इससे कोड सेलेक्ट करना है ठीक है इसको ओपन करने तो के बाद आपको कोड मांगेगा वो डाल दे तो ओपन हो जाएंगे मैं यहाँ पर सलेक्ट करता हूँ इक्यानौ बहत्तर ठीक है मैं सिलेक्ट कर दिया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया ठीक यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूंगा शेख मैं डाल दिया शेख सुफियान हो गया ठीक है नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे ये हमारा ऐप बनकर तैयार हो गया आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूल कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपका ऐप बनता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है